जो आपने जो रैली के माध्यम से जो जो निकाला है इसका क्या उद्देश्य है और क्यों निकाला हुआ वो कहा जा रहे हैं यह जैसा कि मीडिया को भी विदित है ये पी कंपनी के निवेशक हैं। तो सात वर्षों से भी अधिक समय से माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो जाने के बावजूद भी भारत सरकार की एजेंसी सेबी के द्वारा निवेशकों का पैसा लौटाने में काफ़ी उदासीनता बरती जा रही है बहुत ही धीमी गति से निवेशकों का पैसा लौटाया जा रहा है चंद निवेशकों को ही मात्र अभी सात वर्षों में पैसा लौटाया जा पाया है इस कारण से हम आज माननीय नगर विधायक श्रीमान शैलन जी के पास इस निवेदन के साथ इस रैली के माध्यम से पहुंच रहे हैं कि माननीय शैलन जी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से यह निवेदन हम सबकी ओर से प्रेरित करें कि मध्य प्रदेश में जो पी कंपनी की संपत्तियां हैं उनको विक्रय करने का क्योंकि निवेशकों का पैसा संपत्तियों के विक्रय उपरांत ही मिलना तय है तो मध्य मध्य प्रदेश प्रदेश की प्रदेश सरकार अपने माध्यम से निवेशकों का फिर तो अगला कदम क्या उठाएंगे अभी तक पिछले सात वर्षो में हम सिर्फ निवेदन निवेदन और निवेदन ही करते रहे हैं लेकिन ये जैसे की चुनावी वर्ष है अगर इसके बाद भी हमारी इस मांग को नहीं सुना जाता है तो हम इस चुनावी साल में वर्ष 2023 विधानसभा चुनाव है इसमें हम सड़कों पर उग्र प्रदर्शन पूरे मध्य प्रदेश में करने के लिए विवश रहेंगे और इसकी समस्त जिम्मेदारी हमारे आ, माननीय मुख्यमंत्री महोदय की ही होगी आंदोलन कर रही है सड़क पर रैली के माध्यम से क्यों कर रही है ये, ये के पैसे के लिए, हमारा पैसा हमें वापस किया जाए हमारे माध्यम से बहुत गरीब लोगों ने जो हमसे भी गए गुजरे है तो उन्होंने पैसा जमा किया था मगर सरकार वो देने में नहीं आ रही। तो अब आप क्या चाह रही हैं? क्यों नहीं पैसा वापस किया जा रहा है आपका अब हमें ये तो मालूम नहीं है मगर पैसा हमारा वापस होना तो चाहिए